रीवा में सेंट मेरी स्कूल में क्रिसमस डे बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया इस मौके पर जवा सेंट स्कूल के स्टाफ ने गरीबों को मिठाइयां खिलाई और कपड़े बांटे रीवा के जवा सेंट मेरी स्कूल ने क्रिसमस डे गरीबों को कपड़े बांटकर और मिठाइयां खिलाकर मनाया स्कूल की प्राचार्य वंशिका मिश्रा और शिक्षक इस मौके पर ग्रामीणों के पास पहुंचे जहाँ उन्होंने गरीबों में जरूरत के सामान बांटे इस दौरान वंशिका मिश्रा ने कहा की मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती